कटनी में एनएसयूआई से जुड़े छात्र छात्राओं और विधायक ने महाविद्यालय के सामने धरना दिया विद्यार्थियों ने खराब परीक्षा परिणाम के कारण काफी नाराजगी जताई इन लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द परीक्षा परिणाम नहीं सुधारा गया तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से शासन प्रशासन की होगी हाल ही में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष बी के छात्र छात्राओं का परिणाम सामने आया है जिसमें कटनी जिले के तिलक कॉलेज के साथ साथ बड़वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का भी परीक्षा परिणाम खराब आया है जिसे लेकर राष्ट्रीय छात्र संगठन ने विरोध जताया है बड़वारा शासकीय महाविद्यालय के गेट पर छात्र नेता मोहम्मद इसराइल के साथ सैकड़ों एनएसयूआई कार्यकर्ता और छात्र छात्राओं चात्र ने धरना दिया है जिसमे बड़वारा कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह भी धरने पर बैठ गए विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले भी बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं के नतीजे खराब आए थे एक बार फिर बीए फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की गई है जिससे मेरे विधानसभा के सैकड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है उन्होंने कहा महाविद्यालय प्रशासन को परीक्षा परिणाम प्रक्रिया की जाँच करानी होगी जिले के बढ़वारा विधान में मुख्यालय में यहाँ आरोप ये कॉलेज जो है बढ़वारा के शासकीय महाविद्यालय यहाँ पर बच्चों का जो रिजल्ट आया है बहुत ही खराब आया है उसमें बच्चे लोग सभी बच्चे और बच्चियाँ अनसन पर बैठी हैं यहाँ पर और मुझे जानकारी लगी तो मैं भी आ आगे यहाँ पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है इसमें सीसी का नंबर वगैरह नहीं जुड़े हैं जिससे ये अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए क्योंकि हम लोगों का भविष्य अध्यकार में जा रहा है तो ये इनकी मांग है और मैंने ऊपर अभी बात भी की है जबलपुर कुलपति जी से कि इनका आवेदन लिया जाए और इनकी जो गलती हुई है उसमें सुधार की जाए और जो गलती की है उनके ऊपर कार्रवाई वहीं छात्र नेता मोहम्मद नेताइल ने बताया कि लगातार की जा रही है बड़वारा महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले बी फर्स्ट ईयर के लगभग ढाई छात्रों में से मात्र सात से आठ छात्र ही पास हुए हैं बाकी के छात्रों को फेल कर दिया गया है जिससे छात्रों में खासा निराशा और आक्रोश है अगर महाविद्यालय प्रशासन परीक्षा परिणाम पर जल्द सुधार नहीं करता है तो एनएसयूआई चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी जिस प्रकार से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के साथ छात्रों के, के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ये घोर निंदाई निंदा का विषय है और आज बड़वारा महाविद्यालय में भयपुर में बी के छात्रों के साथ में आज आ, बीए के छात्रों के साथ में परीक्षा परिणाम में नंबर नहीं जोड़े गए जबकि कॉलेज प्रशासन के द्वारा नंबर भेजे गए हैं ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा फेलुअर है बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है यदि तीन दिवस के अंदर बच्चों का रिजल्ट नहीं सुधारा जाता है तो बच्चे और हम ईट से ईट बजाने का काम करेंगे रोड में उतर रानी दुर्गावती को बता देंगे कि बच्चों की ताकत क्या होती है मैं ज प्रशासन से भी ये निवेदन करता हूँ कि बच्चों का रिजल्ट जल्द से जल्द सुधारा जाए अगर नहीं सुधारा जाता है तो एन के द्वारा एन के द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए बात दोंगे इसके लिए हमको आरडीबी डी बी में जाके घराव करना पड़ेगा तो घराव करेंगे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज